फ्रेंड्स पांच मिनट और 300 डॉलर जी हाँ दोस्तों आज का जो ये टेक्निक है जो ट्रिक है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा प्रैक्टिकल सब कुछ करके कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट का, का काम करके आप 300 डॉलर की अर्निंग जो है वो कर सकते हैं बिना कोई पैसे इन्वेस्ट किए तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे और मैं आपको पूरा इन डिटेल प्रैक्टिकली समझाता हूँ की किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट का काम करना है और पांच मिनट का काम करके आप जो है वो इंटरनेट से ऑनलाइन फील्ड डॉलर so, तो सिर्फ, सिर्फ पांच मिनट का काम करोगे और पांच मिनट का काम करके आप अपू तीन सौ डॉलर तक की अर्निंग जो है वो कर सकते हो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगर हम तीन सौ डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना निकल के आएगा तो अगर हम इंडियन करेंसी में 300 डॉलर को कन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू निकल के आता है लगभग बीस हजार रुपए के आसपास तो आप सोच सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट का आपको काम करना है और उसके बदले आपको बीस हजार रुपए तक की अर्निंग जो है वो रिसीव हो सकती है तो यहां पे मैंने इंडियन करेंसी बोला है इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के बाहर के कोई भी पर्सन यहाँ पे आके काम नहीं कर सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप इंडिया के बाहर से भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म में आके जो तरीका मैं बताने वाला हूं उसी तरीके को आप अप्लाई कर सकते हो और यहां पे ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो बिकॉज जो प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं इट्स एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो यहां पे आपको काम करते टाइम या फिर विड्रॉल लेते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आएगा लेकिन वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देना देने वाला हूँ बेसिकली कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि एक एक इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर डिटेल में आपको समझाया है तो कोई भी शन कोई भी पार्ट अगर आप स्किप करोगे तो वहां पे एक एक इंपॉर्टेंट चीज जो है उसे आप मिस कर जाओगे और बाद में होगा ये कि जब आप इस तरीके का अप्लाई करने जाओगे आपके केस में तो आपको दिक्कत आ सकती है इसलिए बिना स्किप किए पूरे वीडियो को जो है वो एंड तक देखिए तो चलिए वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कौन से प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ तो जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है नाइन्टी इट्स एन फ्रीलांसिंग वेबसाइट रिलेटेड टू और डेडिकेटेड टू ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क ओके तो ग्राफिक डिजाइनिंग का नाम सुन के आप लोग बिल्कुल भी नर्वस मत हुई क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऑटोमेटेड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जो फ्री का सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर का यूज करके आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा सिर्फ आपको वहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन डालना है कि मुझे ये चीज़ बनाना है ओके okay? उसके बाद वो सॉफ़्टवेयर आपके लिए वो चीज़ बना के दे देगा और ये टोटली फ्री सॉफ़्टवेयर है दोस्तों ओके तो यहाँ पे आपका मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगा अगर उसी काम को आप लोग नॉर्मल तरीके से करने को जाओगे तो कम से कम तीन से चार दिन का टाइम आपको लगेगा लेकिन जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उस तरीके का अगर आप अप्लाई करोगे तो वही काम जो काम तीन से चार दिन में हो रहा था वही काम सिर्फ और सिर्फ पाँच मिनट में हो जाएगा इसीलिए मैंने आपको बताया कि सिर्फ पाँच मिनट का काम है और उसके बदले आपको 300 डॉलर मिलने वाले हैं तो चलिए वीडियो को जो है वो फर्दर मूव करते हैं तो दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ वो काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग वर्क जिसका नाम है नाइन्टी तो आप इस काम को कंप्यूटर में भी कर सकते हो और साथ ही साथ अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो ओके टोटली नॉन इन्वेस्टमेंट है कोई पैसे इन्वेस्ट करने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ थोड़ा सा आपको टाइम इन्वेस्ट करना है दैट्स एट तो इस वेबसाइट में आ जाना है आने के बाद इस वेबसाइट में आपको स्क्रॉल करना है और इस तरीके से एकदम नीचे आपको जाना है ओके नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए रिसोर्सेस के नीचे आप लोगों को एक बटन मिलेगा बिकम ए डिज़ाइनर करके ओके अगर आप डिज़ाइनर नहीं हो जिंदगी में भी कभी भी आपने डिजाइनिंग रिलेटेड वर्क नहीं किया है तो भी ये वीडियो देखिए क्योंकि अगर आपके पास जीरो नॉलेज है जीरो स्किल्स है डिज़ाइनिंग के ऊपर तो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो टेक्निक मैं आप लोगों को आज वीडियो में बताने वाला हूँ उस टेक्निक का अगर आप यूज़ करोगे तो अगर आपके पास जीरो नॉलेज है जीरो स्किल से तो भी आप यहाँ पे डिज़ाइनर बन सकते हो और अच्छा खासा ऑनलाइन लर्निंग जो है वो कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जो सॉफ्टवेयर आपके लिए डिजाइनिंग का सारा काम जो है वो करके दे देगा आपको बेसिकली करने की कोई ज़रूरत नहीं है ओके तो बीमे डिजाइनर में आप क्लिक करोगे आपके सामने साइन अप का फॉर्म जो है वो खुल जाता है इस पर्टिकुलर वीडियो में, वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो काम करके दिखाने वाला हूं और आपको भी उन्हीं दो काम के ऊपर फोकस करने वाला है बेसिकली यहां पर देखिए इस वेबसाइट में इस प्लेटफॉर्म में आपको अलग अलग डिजाइनिंग का काम मिल जाता है जैसे कि लोगो डिजाइन बिजनेस कार्ड डिजाइन वेब पेज डिजाइन ब्रांड गाइड डिजाइन पैकेजिंग डिज़ाइन टी शर्ट डिज़ाइन और भी बहुत सारे अलग अलग डिजाइनिंग के काम मिल जाते हैं लेकिन आपको बाकी सब में नहीं जाना सिर्फ दो चीज़ों में फोकस करना है और वो दो चीज़ कौन सी है लोगो डिज़ाइन और बिजनेस कार्ड डिज़ाइन और इन्हीं दोनों कामों को किस तरीके से उस टूल की मदद से करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा मैंने आपको सिर्फ ये दोनों इसलिए बोला है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ उस सॉफ़्टवेयर में सिर्फ ये ही दो चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हो बाकी कोई भी चीज़ जो है वो डिज़ाइन नहीं कर सकते ओके okay? इसलिए मैंने जो है इन दोनों पे फोकस किया है और मोस्टली इन दोनों में आपको जो है वो पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे पे आउट भी ज़्यादा मिलेंगे अभी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपके मन में आ सकता है आ, आप लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि ऐसे काम तो हमें फाइवर में भी मिल जाते हैं उसके बाद पीपल पार आवर करके एक वेबसाइट है उसमें भी मिल जाते हैं तो हम इस 99designs.com में आके क्यों करें तो उसके पीछे एक रीज़न है दोस्तों देखिए जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आप फाइवर में भी यूज़ कर सकते हो नो डाउट पीपल पार आवर में भी यूज़ कर सकते हो नो डाउट लेकिन आपको करना नहीं है क्यों करना नहीं है क्योंकि अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग का काम जाके फाइबर में करोगे या फिर फाइबर में गिग बनाओगे तो आपको ऑर्डर मिलने में सालों लग जाएंगे क्योंकि फाइवर में कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है स्पेशली अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग की बात करें लोगो डिज़ाइनिंग में आपको ऑर्डर मिलने में सालों लग जाएंगे लकीली अगर आपका लक बहुत ज़्यादा अच्छा रहा मे बी आपको मिल जाए एक आध लेकिन आपको सालों लग जाएंगे लोगो डिज़ाइनिंग स्पेशली लोगो डिज़ाइनिंग के काम के ऊपर क्योंकि लोगो डिज़ाइनिंग में कम्पिटिशन फाइबर में बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा ह्यूज और मैंने ये देखा है मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि स्पेशली लोगो डिज़ाइनिंग का जब आप ऑर्डर बनाओगे तो उन्हीं लोगों को ज़्यादा ऑर्डर मिलता है जिनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या फिर जिनके फाइव स्टार रेटिंग है जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा काम ऑलरेडी फ़ाइवर में कम्प्लीट कर लिया है नए लोगों को लोगो डिज़ाइनिंग का काम बहुत ज़्यादा कम मिलता है ओके इसलिए मैंने आपको फाइवर या फिर दूसरे कोई भी वेबसाइट को सजेस्ट नहीं किया है और इस वेबसाइट को सजेस्ट करने का एक और रीज़न भी है वो रीज़न ये है कि ये जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है ये सिर्फ स्पेशलीटेड है सिर्फ और सिर्फ डिजाइन रिलेटेड वर्क के लिए पे आपको का काम नहीं मिलेगा या फिर आपको कोई और टाइप ऑफ वर्क नहीं मिलेगा सिर्फ़ सिर्फ़ और डिज़ाइनिंग सिर्फ रिलेटेड जो काम है वही आपको मिलेगा ओके इसलिए ये वेबसाइट मैंने आपको जो है वो सजेस्ट किया है और एक रीजन भी है कि यहां पर पे आपको पेआउउट भी बहुत ज्यादा मिल जाता है अगर आप नॉर्मली फाइवर की बात करें तो वहां पर एक लोगो अगर आप सेल करोगे ऑर्डर बना के और तो एवरेज सेलिंग प्राइस जो रहता है फाइबर में स्पेशली लोगो डिज़ाइनिंग का वो हंड्रेड डॉलर के आसपास रहता है एवरेज सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ ओके शायद कोई एक लोगो आप हजार डॉलर में भी बेच दो मैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं एवरेज सेलिंग प्राइस की ओके okay? तो एवरेज सेलिंग प्राइस जो होता है वो फाइवर में मोस्टली हंड्रेड डॉलर का रहता है लोगो डिजाइनिंग में लेकिन इस वेबसाइट में जो एवरेज सेलिंग प्राइस रहता है वो तीन सौ डॉलर के आसपास रहता है तो यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने आपको यह वेबसाइट सजेस्ट किया एनी इस वेबसाइट में आगे तो आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए नीचे लिखा होगा बिकम ए डिजाइनर उस पर आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे एक और पेज खुलेगा वहां पे आपको लिखा हुआ आएगा Fire up your freelancing career. Okay. तो आपको क्या करना है Join now के red color के button में इस तरीके से क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने sign आपका जो है वो फॉर्म खुल जाएगा तो इस फॉर्म में आपको कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है आ, यहाँ पे सबसे पहले आपको ई मेल आई डी एंटर करना है पासवर्ड बनाना है और यहाँ पे दो बटन्स दिए गए देखिए आई नीड समथिंग डिजाइंड और दूसरा है आई एम ए डिजाइनर तो आपको आई एम ए डिजाइनर में क्लिक करना है तो ही आप एज ए फ्री लांसर यहाँ पे साइन अप कंप्लीट कर पाओगे उसके बाद आपका डिस्प्ले नेम देना है डिस्प्ले नेम में प्रोफाइल का नाम होगा कुछ भी नाम दे सकते हो आ, आप सरनेम भी दे सकते हो या फिर आप अपना निक नेम भी दे सकते हो ओके okay? देने के बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के पेज को चेक इन करना है और रजिस्टर के बटन में क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करोगे आपने जो ईमेल आईडी दिया होगा उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा उस पर क्लिक करके आपको जो है वो सबसे पहले अपने अकाउंट को यहाँ पर एक्टिवेट करना पड़ेगा जो बाकी भी नॉर्मली सभी वेबसाइट में करना पड़ता है ओके तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है चलिए मैं लॉग करता हूँ और लॉग करने के बाद आपको कुछ चीज़ों को जो है वो यहाँ पे मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है ओके okay? तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ बल्कि दिखा देता हूँ करके दिखाऊंगा मैं प्रैक्टिकली तो ये मेरा डैशबोर्ड है मैंने लॉगिन कर लिया है आपके सामने तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको अपना प्रोफाइल सेटअप करना पड़ता है बिकॉज इट्स ए फ्री लांसर अकाउंट तो एज ए फ्री आप लगने चाहिए नहीं तो आपको जो है वो यहाँ पे काम मिलने में दिक्कत आ सकती है तो आपको क्या करना है ऊपर यहाँ पे देखिए आपका आइकन बना होगा प्रोफाइल का उसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पे प्रोफाइल वाले बटन में आपको इस तरीके से क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करोगे आपका प्रोफाइल अपडेशन का सेक्शन जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है और यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है एडिट प्रोफाइल का एक बटन मिलेगा राइट हैंड साइड में उस पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है तो ही जो है आप अपने प्रोफाइल को यहाँ पे एडिट कर सकते हो ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे अपना खुद का एक इमेज डालना ही है मस्ट है ये ओके बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलतियां ऐसे फ्रीलांसिंग साइट्स में जाते हैं और जाने के बाद कुछ भी इंटरनेट से अपलोड बेसिकली डाउनलोड करके कोई भी इमेज अपलोड कर देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ओके आपका खुद का एक रियल इमेज यहां पे अपलोड करना है जिस तरीके से मैंने किया हुआ है मेरा इमेज ओके एडिट अवतार में क्लिक करोगे तो ही आप अपलोड कर पाओगे उसके बाद देखिए नीचे एक अबाउट सेक्शन है यहाँ पे बाजू में राइट हैंड साइड में एडिट लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा तभी ये सारे ऑप्शन आप एडिट कर पाओगे यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें एडिट करनी है मैं आपको बता देता हूँ डिस्प्ले नेम में आप तो ऑलरेडी दे चुके हो उसको एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बायोग्राफी आपको एडिट करना है देखिए मैंने अपनी बायोग्राफी क्या दिया हुआ है या प्रोफेशनल लोगो एंड बिजनेस कार्ड डिजाइनर इसी टाइप से आपको जो है एक सेंटेंस के अंदर आपकी बायोग्राफी लिखनी है गॉट इट उसके बाद देखिए कस्टम यू है यहाँ पे आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है कंट्री यहाँ पे आप दे सकते हो मैंडेटरी नहीं है देना ना देना आपकी मर्जी ओके okay? कोई मैंडेटरी uh, इंफॉर्मेशन नहीं है बट बायोग्राफी आपको देना ही पड़ेगा यही सारी इंफॉर्मेशन है और कुछ चीजें आपको देने की जरूरत नहीं है उसके बाद देखिए ये पोर्टफोलियो शॉर्टफोलियो है ये सब अभी आपको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है ये तब आप एडिट करोगे जब आपको यहां पे काम मिल जाएगा ओके न्यू अकाउंट में आप लोग जो है वो पोर्टफोलियो वगैरह सेटअप नहीं कर सकते अभी मूव करते हैं पेमेंट सेक्शन के ऊपर ओके जिसके लिए ज़्यादातर लोग वेट करते रहते तो पेमेंट सेक्शन के लिए आपको फिर से यहां पे आइकन में क्लिक करना पड़ेगा और यहां पे देखिए अर्निंग्स लिखा हुआ है इस पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करोगे आपका पेमेंट का सेक्शन यहां पर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर मिनिमम जो विद्रॉल लिमिट है वो ट्वेंटी डॉलर्स का है जैसे ही आपके अकाउंट में ट्वेंटी डॉलर्स हो जाएंगे आप यहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए डाल सकते हो लेकिन यहाँ पर पेमेंट विड्रॉल करने के लिए और काम लेने के लिए आपको सबसे पहले आपकी आई को वेरीफाई करना पड़ेगा नाउ अकाउंट वेरिफिकेशन और आईडी वेरिफिकेशन बोथ आर डिफरेंट। अभी जो आप ईमेल आईडी पे लिंक पे क्लिक करके करोगे वो होगा आपका अकाउंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको आईडी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा तो आईडी वेरिफिकेशन करने के लिए इसी पेज में आपको आना है और आने के बाद यहाँ पे देखिए वेरीफाई योर अकाउंट लिखा हुआ है उस पर आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आईडी वेरीफिकेशन का पेज खुलेगा यहाँ पे नीचे ऑरेंज कलर का एक बटन होगा वेरीफाई यी उस पर आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद आपको दो अलग अलग इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड करना है स्कैन कॉपीज मैं ट्राई अगन फिर से करता हूं तो मैं आपको दिखा पाऊंगा प्रैक्टिकली सब कुछ इंफॉर्मेशन ओके आईडी वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि आपको गवर्नमेंट इशूड कोई भी एक आईडी डी कार्ड और कोई भी एक एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा स्कैन कॉपी ओके ये मैंडेटरी है यहाँ पे काम करने के लिए ताकि लोग ज्यादा फेक अकाउंट ना बनाए नहीं तो लोग क्या करते है? फेक अकाउंट्स बनाते ओके okay? उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार्ट का बटन है उस पर आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शंस खुल जाएगा सबसे पहले आपको आईडी डी यहाँ पे अपलोड करना है और दूसरा जो है वो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया का दिखा रहा है अगर आप किसी और कंट्री से हो हो तो आपके कंट्री के हिसाब से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाएगा ना यहाँ पे देखिए आई के साइड में आप लोगों को पासपोर्ट लिखा हुआ आएगा तो सभी लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होता काफी लोग पासपोर्ट नहीं बनाते तो वो लोग क्या करेंगे आपके केस में आपको यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है यूज़ ए गवर्नमेंट ईशूड फोटो आई तो इंडियन गवर्नमेंट से इशूड कोई भी फोटो आई चलेगा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको पासपोर्ट ही यहाँ पे अपलोड करना है तो इंडियन गवर्नमेंट इशूड जो फोटो आई कार्ड होता है जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया वोटर आई कार्ड हो गया आधार कार्ड हो गया ये सब भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो मोबाइल से फ़ोटो खींच के उस फोटो को यहाँ पर अपलोड कर दो दैट्स इट और यहाँ पर देखिए एड्रेस प्रूफ के जगह पर ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस भी सबके पास नहीं होता जिन लोगों के पास होता है वो तो अपलोड कर देंगे जिन जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनके कहीं इसमें आप लोग क्या करोगे आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा या फिर यूटिलिटी बिल वगैरह जो होता है वो भी आप यहां पे अपलोड कर सकते हो या फिर आधार कार्ड भी दे सकते हो या फिर वोटर आई कार्ड भी दे सकते हो ओके क्योंकि उसमें एड्रेस लिखा हुआ होता है तो जो भी गवर्नमेंट इशूड आईडी या फिर कार्ड uh, होता है बेसिकली आइडेंटिटी प्रूफ होता है जिसमें एड्रेस मेंशन होता है वो चीज़ आप यहां पे फोटो लेके अपलोड कर सकते हो तो अपलोड करने के बाद मोस्टली तीन घंटे का टाइम लगेगा उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है ओके okay? बट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लग जाता है तो 24 घंटा ही लगेगा उससे ज़्यादा नहीं लगेगा ओके अगर उससे ज़्यादा लगता है तो आप उनके कस्टमर केयर में जाकर ईमेल कर सकते हो कि मैंने अपलोड कर दिया है मेरा अभी तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है ओके ये ज़रूरी है क्योंकि जब तक वेरीफिकेशन कम्प्लीट नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे एलिजिबली नहीं हो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैंने अभी तक जो है वो आई डी नहीं किया है इसीलिए नहीं किया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ ओके तो ये चीज़ करने के बाद आपका अकाउंट फुल्ली तरीके से एकदम एक्टिवेटेड हो जाएगा अभी आप काम करने के लिए रेडी हो तो काम आपको कैसे मिलेगा उसके लिए आपको मेन स्क्रीन में आने की जरूरत है इस तरीके से मैं आ चुका हूँ मेन स्क्रीन में और मेन स्क्रीन में आने के बाद ऊपर देखिए तीन अलग अलग बटन है योर वर्क योर क्लाइंट्स और कम्यूनिटी आपको योर वर्क में जो है वो इस तरीके से क्लिक करना है और एकदम नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्राउज कॉन्टेस्ट का उस पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है अभी आप लोगों को मैं असल चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पर आपको कितना पैसा मिल सकता है एक एक लोगो डिजाइन करने का एक एक बिजनेस कार्ड डिजाइन करने का तो यहां पे मैं अगर नीचे जाऊँगा यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे ये यह जो ड्रॉपडाउन मेन्यू है यहाँ पे न्यूएस्ट फर्स्ट जो है उसे सिलेक्ट कर लेना है तो जो न्यूली पोस्ट हुए काम है वही आपको शो करेगा यहाँ पे अनलिमिटेड काम है ये देखिए कितने सारे काम है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए ट्वेंटी पेज यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है और हर एक पेज में बीस से पच्चीस काम अवेलेबल है तो सोचिए कितना ज्यादा यहाँ पे काम आपको मिलेगा ओके okay? ये देखिए ये एक लोगो डिजाइनिंग का काम है ओके okay? 500 डॉलर मिलेगा अगर आपका लोगो यहाँ पे सिलेक्ट होता है ये देखिए दूसरा लोगो डिजाइनिंग का काम है 190 डॉलर्स उसके बाद देखिए 250 डॉलर्स 280 डॉलर्स 130 डॉलर 280 थर्टी डॉलर टू डॉलर वन डॉलर थ्री डॉलर आपको फाइवर में इतना ज्यादा मिल ही नहीं सकता एवरेज सेलिंग प्राइस हंड्रेड डॉलर के आसपास रहता है लेकिन इस वेबसाइट में हंड्रेड डॉलर से ऊपर जाएगा मोस्टली जो एवरेज सेलिंग प्राइस होगा वो यहाँ पे 300 डॉलर का होगा तो किसी भी काम को अप्लाई करने से पहले आपका आईडी वेरिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी है क्यों जरूरी है मैं आपको अभी एग्जांपल के रूप में दिखाता हूं तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक लोगो डिजाइनिंग का काम का का का को ओपन करता हूं जैसे कि ये पांच डॉलर का काम का है ओके okay? इसको अगर मैं इस तरीके से क्लिक करके ओपन करूंगा तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया है ये देखिए बिफोर सबमिटिंग ए डिजाइन यू मस्ट फर्स्ट वेरीफाई योर आइडेंटिटी दिस विल टेक ए फ्यू मिनट ओके तीन चार मिनट का टाइम लगता है उनका कहना है लेकिन तीन घंटा लग जाता है ओके तो आईडी वेरिफिकेशन अगर आप नहीं करोगे तो यहां पे कोई भी लाभ नहीं होगा आप यहां पे कोई भी काम के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे ओके तो जैसे ही किसी भी काम को आप ओपन करोगे किसी भी लोगो डिजाइनिंग के काम को आप ओपन करोगे सबसे पहले उस कंपनी का नाम होगा ये देखिए और उसके साथ साथ लिखा हुआ होगा कि लोगों में वो टेक्स्ट कौन सा होना चाहिए तो यहाँ पे देखिए मैंने जो हाईलाइट किया है ये टेक्स्ट उस लोगो में होना चाहिए स्लोगन होना चाहिए कि नहीं अनस्पेसिफाइड मतलब कोई भी देने की ज़रूरत नहीं है स्लोगन डिस्क्रिप्शन आपको पूरा पढ़ना है कि वो कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है और कौन से कलर्स आपको यूज करने हैं लोगो बनाने के टाइम पर कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आपको देना है जैसे कि ये इंडस्ट्री रेस्टोरेंट का है ओके okay? तो फूड एंड रेस्टोरेंट रिलेटेड यहाँ पर वर्क होगा जो लोगों का वर्क होगा उस टाइप से आपको डिज़ाइन करना है डोंट वरी मैं आपको जो सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ वो उसी कैटेगरी का लोगो आपको ऑटोमेटिक तरीके से बना के दे देगा उसके बाद यहाँ पे देखिए कलर एक्सपेक्टेशंस तो कस्टमर ने दे रखा है कि मुझे इन छः कलर्स के इन आ, नौ कलर्स के बीच में जो है वो लोगो चाहिए ओके okay? दूसरा कोई कलर आप यूज़ नहीं कर सकते तो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगा उस इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना है और उसके बाद लोगों को डिजाइन करना है डिज़ाइन इंस्परेशन देखिए कुछ एग्जाम्पल डिजाइन यहाँ पे दे रखे गए हैं ओके इनसे आप आइडियाज़ भी ले सकते हो कि इस टाइप से मिलता जुलता वर्क जो है वो आपका होना चाहिए ओके उसके बाद आपको क्या करना है लोगो बनाना है और लोगो को यहाँ पे अपलोड कर देना है तो यहाँ पे सिर्फ लोगो का काम नहीं है यहाँ पे बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग का भी काम आपको मिल जाएगा आपको ढूंढना पड़ेगा ओके मोस्टली जो काम होते हैं वो लोगो डिज़ाइनिंग के ही काम होते हैं तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद वो लोग आपके काम को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपका काम अगर सिलेक्ट होता है तब भी आपको उतना पेआउट मिलेगा ओके और अगर आपका काम सिलेक्ट नहीं होता है तब आपको पेआउट नहीं मिलेगा तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे यहाँ पे एक काम के लिए अप्लाई करके आपको बैठे नहीं रहना है इंतज़ार नहीं करना है जितने हो सके उतने ज़्यादा अप्लाई कीजिए उतने ज़्यादा लोगों बनाइए और सबमिट कीजिए ओके किसी ना किसी एक में आपका काम सिलेक्ट हो जाएगा अगर आप एक में करके बैठे रहोगे तो 99% ये चांस होगा कि आप उसमें सिलेक्ट ही नहीं होगे क्योंकि यहाँ पे आपके साइड में और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे काम को सबमिट करेंगे यू आर नॉट ओनली द सिंगल पर्सन ओके आपके साइड में और भी लाइन में हैं. तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगो बनाइए और उतने ज्यादा यहाँ पे अपलोड कीजिए किसी ना किसी एक में आपका सिलेक्ट हो ही जाएगा और अगर आप महीने में एक लोगो भी बना बना पाते हो बेसिकली एक लोगो भी आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो पाता है तो 300 डॉलर 20,000 रुपए तक डॉलर बीस करोगे हर एक महीने में ओके okay? और एक महीने में एक काम मिलना उतना ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है अगर आप डेली यहाँ पे 20 से 25 लोगों बना के अपलोड करोगे सबमिट करोगे बेसिकलीके okay? लेकिन उस तरीके से आपको करके जाना है अगर आप आज एक काम करोगे दो दिन बेटर हो गए और तीसरे दिन जाके पांच बनाकर अपलोड कर दोगे वैसे नहीं होना चाहिए ओके कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए अगर मैं डेली के दस लोगों बनाकर यहां पे सबमिट कर रहा हूं तो मैं हर रोज दस बना के ही यहां पे सबमिट करूंगा उस टाइप का माइंडसेट आपका होना चाहिए ओके okay? अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं यह तो मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिया बेसिकली कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है कैसे आईडी वेरिफिकेशन करना है किस तरीके से पेआउट लेना है और किस तरीके से आपको लोगों को सबमिट करना है बेसिकली काम के लिए अप्लाई करना है लेकिन उस काम को आप करोगे कैसे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लोगो डिज़ाइनिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं इसी कंपनी को जो 500 डॉलर का वर्क था मैंने खोला था जो रेस्टोरेंट वाला हमें जो है वो लोगो बनाना है ओके फूड एंड रेस्टोरेंट तो हम क्या करेंगे एक टूल है कैनवा करके ओके फ्री का टूल है इसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा अगर आप कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे तो प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में आपको कैनवा का ऐप मिल जाएगा जो चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा वही सारी चीज़ आप मोबाइल में ऐप में भी कर सकते हो कैनवा का ऐप आता है तो आपको क्या करना है कैनवा में जाके सर्च बॉक्स में डायरेक्टली लोगो लिखना है या फिर नीचे यहाँ पे लोगो लिखा हुआ आएगा तो चलिए मैं सर्च बॉक्स में यहाँ पे लिखता हूँ एलो जियो क्योंकि मैं लोगो बनाने वाला हूँ ओके उसके बाद मैं आपको एक बिजनेस कार्ड का भी एग्जाम्पल बना के यहाँ पर दिखाऊँगा तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लोगो टाइप किया लोगो का ऑलरेडी डिज़ाइन पैलेट यहाँ पर खुल जाएगा जस्ट मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ये सॉफ्टवेयर मेरे सारे काम को आसान कर देगा तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको अलग अलग टाइप्स के लोगो मिलेंगे जैसे कि आर्ट एंड डिज़ाइन का लोगो फैशन का लोगो तो जो कंपनी मैंने देखा था 500 डॉलर का वर्क था वो था रेस्टोरेंट रिलेटेड तो आपको क्या करना है यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखना है रेस्टोरेंट ओके आर ई एस टी एर ए एन टी आई एम वेरी सॉरी अगर मैं स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिख रहा हूँ ओके okay? मैं चलिए कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर जो है वो आ, था मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि इंडस्ट्री मुझे रेस्टोरेंट रिलेटेड ही लोगो चाहिए यहाँ पे तो कंट्रोल वी करूँगा यहाँ पे रेस्टोरेंट लोगो में सर्च करूँगा तो जितने भी रेस्टोरेंट रिलेटेड लोगो है वो आपके सामने आ चुके हैं ये देखिए ये सारे के सारे फ्री है ये देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कितने सारे रेस्टोरेंट रिलेटेड ऑलरेडी लोगो है लेकिन इन लोगों को आपको थोड़ा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा तो कस्टमाइज़ कैसे करते हैं मैं आपको एक में करके दिखाता हूँ फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये स्पून वाला लेते हैं ये रेस्टोरेंट से मिलता जुलता है तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा या फिर क्लिक करोगे डायरेक्टली तो वो यहाँ पे आ जाएगा आने के बाद आपको क्या करना है इसका डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ना है तो क्लाइंट ने कैसा रिक्वायरमेंट दे रखा है मुझे कौन सा कलर चाहिए तो उसने नौ कलर दे रखा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके इन्हीं कलर्स में से आपका जो है वो लोगो होना चाहिए अगर यहाँ पर उसने ब्लू बोला है और आपने यहाँ पर रेड लोगो बना दिया है तो नहीं चलेगा भाई ओके उसके हिसाब से आपको बनाना है तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए कलर में चेंज करोगे आप डिज़ाइन पैलेट में जाओगे कोई भी कलर दे सकते हो देखिए मैं कलर्स को किस तरीके से आसानी से चेंज कर पा रहा हूँ ओके इस तरीके से जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे आप उतना ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे ओके मैं तो सिर्फ आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ एक्सप्लोर आपको खुद से जाके करना है क्योंकि मैं अगर आपको बता के दूंगा अगर आप उन्हीं तरीकों को अप्लाई करोगे तो आपका काम लिमिटेड बन जाएगा ओके आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पे डिस्कवर करना है उसके लिए आपको खुद से जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ उसके बाद देखिए अगर आप टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो तो टैक्स में उस क्लाइंट ने क्या बोला था ये नाम आना चाहिए ओके मोशी मोशी करके कुछ नाम है उनके ब्रांड का इसको मैं कंट्रोल सी करूंगा और इसको अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा तो ये देखिए ये नाम यहाँ पे आ चुका है हालांकि ये नीचे जा चुका है मैं इसको डिलीट करूंगा यहाँ से और यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा ओके कंट्रोल uh, वी ये देखिए ये नाम यहाँ पे आ चुका है अभी अगर आप चाहो तो टेक्स्ट का भी कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हो एवरी यू कैन डू एवरीथिंग ओके ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करो कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ये देखिए टेक्स्ट में क्लिक करोगे टेक्स्ट फॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हो ओके लेट्स चेंज द कलर ओके कलर हम चेंज करते हैं उसके लिए कलर में जाएंगे टेक्स्ट कलर में और इसको अगर हम रेड करेंगे ये देखिए रेड हो चुका है तो इस तरीके से एक एक चीज़ें आपको एक्सप्लोर करना है और जैसे ही आपका लोगो बन जाए तो ऊपर यहाँ पर डाउनलोड का बटन है उस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है पी फॉर्मेट में ओके okay? ट अभी हम लोग मूव करेंगे कि किस तरीके से हमें बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है तो बिजनेस कार्ड डिजाइन करने के लिए सेम तरीका ही आपको अप्लाई करना है जिस तरीके से हमने सर्च बॉक्स में जाके लोगो लिखा था उसी तरीके से हमको यहां पे लिखना है बी यू एस आई एन ई डबल एस बिजनेस सी ओके बिजनेस कार्ड लिख के इस तरीके से सर्च दोगे यहाँ पे देखिए बिजनेस कार्ड आ चुका है इसमें क्लिक करेंगे तो एक नया डिजाइनिंग का पैलेट खुलेगा बिजनेस कार्ड के केस में भी आप अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे बिजनेस कार्ड जो है वो बना सकते हो तो यहाँ पे भी हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं इसी कंपनी को ओके okay. तो मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट को कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे जो है वो कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे रेस्टोरेंट बिजनेस कार्ड आ चुका है अभी रेस्टोरेंट रिलेटेड जो भी बिजनेस कार्ड होगा वो यहाँ पे आ चुका है इसको जस्ट हमें ड्रैगन ड्रॉप करना है या फिर डायरेक्टली इस तरीके से क्लिक करना है तो चलिए क्लिक करते हैं ये देखिए एक बिजनेस कार्ड का फॉर्मेट यहाँ पे खुल चुका है अभी मैं इसको किसी भी एंगल से मेरे मुताबिक बना सकता हूँ लेकिन आपको अपने मुताबिक नहीं बनाना है क्लाइंट के हिसाब से बनाना है जिस तरीके से क्लाइंट ने दे रखा होगा ओके तो जाइए जाके सबसे पहले उस वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए और आई को वेरीफाई कीजिए आई वेरीफाई करने के बाद आप काम के लिए अप्लाई नहीं करोगे काम के लिए आप अप्लाई बाद में करोगे सबसे पहले आप जाओगे कैनवा कॉम में और वहाँ पे जाके खुद से जाके कुछ चीज़ों को डिस्कवर करने की कोशिश करोगे ओके अलग अलग डिज़ाइन पैलेट को खोलो अलग तरीके से डिजाइनिंग किस तरीके से किया जाता है वो देखो ओके खुद से नहीं करना है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ बैठे रहना है ओके कैनवा में जाकर अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करो क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर पाओगे यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो फ्री में ग्राफिक्स है टैक्स है बैकग्राउंड है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करो सीखो तो आप अपने काम में और ज़्यादा क्रिएटिविटी ला सकते हो क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आपका काम आसान करके दे ही रहा है लेकिन अगर आप उसमें आपका थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी भी इन in, मतलब इनपुट करोगे उसमें डालोगे तो आपका काम और ज़्यादा अच्छा रह जाएगा ओके अलग लोगों से जो बाकी के लोग हैं उनसे ज़्यादा अलग दिखेगा आपका काम और अच्छा दिखेगा तो एक्सप्लोर करो एक्सप्लोर करने के बाद जब आपको लगे कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ डिजाइनिंग का काम करने के लिए तब जाके वहां पे एक एक करके कामों को अप्लाई करना स्टार्ट करो ओके okay, लोगो बनाओ या फिर बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग का काम है वो करो लेकिन इन्हीं दो कामों में आपको फोकस करना है बाकी और भी डिजाइनिंग रिलेटेड वर्क मिल जाएंगे उनमें आपको नहीं जाना है क्योंकि उन कामों को आप कैनवा में नहीं कर सकते जैसे कि टी शर्ट डिजाइनिंग कैनवा में नहीं हो सकता ओके okay? इसलिए मैंने बाकी चीज़ों में फोकस नहीं किया सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो ये तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं फ्यूचर में इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करूं तो आपको मिले यूट्यूब की तरफ से मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले तो जल्द मिलते हैं हमारे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड हैवे अ ग्रेट डे